नहीं तमें का क्या जाने दो गली में आए नहीं प्री तमें का ठिकाना क्या जाने लो गली में आए नहीं प्रिय तुम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तुम्हें का ठिकाना क्या जाने जो कभी प्रेम जो कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने दूम गली में आए नहीं प्रीत में क्या जाने जो, जो। पढ़े और भेदे करे जो भेदे पढ़े और भेदे करे मन में नहीं निरमले ताए मन में नहीं निर्मले ताए कोई कितना चाहे जाने कहे कोई कितना चाहिए ज्ञाने कहे भगवान को पाना क्या जाने दो गली में, में आए नहीं प्रिय तुम्हें का ठिकाना क्या जाने दो ये दुनिया गो रखे धंधा है ये दुनिया गो रखे धंधा है सभी जग माया में अंधा है सभी जग माया में अंधा है जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं जिस अंगे ने प्रभु देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने में गली में आए नहीं प्रिय तुम्हें का दिकाना क्या जाने दिल में पैदा पैदान दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने जिस दिल में पैदा पैदान दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने वो पीर पराई क्या जाने ह दीवान मोहन की मी राह दीवान मोहन की सनेसार सार क्या जाने प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तुम्हें का ठिकाना क्या जाने प्रेम गली नहीं प्रिय सम का ठिकाना क्या जाने प्रिय सम का ठिकाना क्या जाने